वो साथ है वो साथ है साथ है मेरा खुदा वो साथ है वो साथ है साथ है मेरा खुदा छोड़े ना मुझी को अकेला कभी रहता है मेरा साथ है वो साथ है साथ है मेरा गुदा वो साथ है वो साथ है साथ है मेरा उसी के दूतों का पहरा है हर जरूरत को पूरा जो करता वो खुद मेरा है कुछ कमी हो नहीं सकती उसी साथ है वो साथ है साथ है मेरा खुदा वो साथ है वो साथ है साथ है मेरा खुदा